दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि लास्ट जो फोर वीडियोज है मोरा कैम्बिट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है सभी लोगों ने और पेशेंट बना के काफी अच्छे से इसे वॉच किया है तो मोरा कैम्बिट जो वर्ल्ड की फेमस लाइन सिसियन डिफेंस अगेंस्ट हमने वीडियो बनाया था अब आज मैं आपको आज मतलब आज से ही हम ले एक नई लाइन तैयार कर रहे हैं नई लाइन मतलब बहुत सारे लोगों को ई फोर अगेंस्ट खेलने में प्रॉब्लम होता है ई फोर अगेंस्ट कई लाइनें हैं वाइट ज्यादातर अभी वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में ई फोर खेली जाती है आप चेस बाइट में देखोगे तो डेटाबेस में सबसे पहला मूव ई फोर मतलब ज्यादा कॉमन मूव है ई यहां पे ब्लैक कंफ्यूजन में ये है आप लोग चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं सेसिलियन खेलू या फिर कैरोकॉन खेलू या फिर ई सिक्स खेलू एनएफ सिक्स खेलो आलेखाइन डिफेंस बहुत सारी लाइन है इफॉर अगेंस्ट स्कैंडिनेवियन ये मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों अब स्कैंडवियन ब्लैक से शुरुआत से अटैकिंग लाइन है बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है अगर वाइट के अगेंस्ट आपको अटैकिंग लाइन खेलना है तो कैंडीन इवियन ही बेस्ट है मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे गेम्स जीत भी चुका हूं में यहां पे मैं इसके सारे वेरिएशन आपको बताऊंगा वन बाय वन ऑल वेरिएशन आपको लिखवाऊंगा आपको स्टडी करना है और इसके सभी वेरिएशन से गेम भी खेलना है हर एक वीडियो में मैं आपको एक गेम भी खेल के बताऊंगा स में ब्लिश गेम तो वहां से हमारी लाइन में क्या प्लानिंग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख सकते तो हो तो चलिए रेडी हो जाइए बुक पेन लेके तो स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेवियन डिफेंस दोस्तों ध्यान से देखिएगा सभी वीडियो देखिएगा इस लाइन के क्योंकि इस कैंडीनियन में मेरे पास सिक्सटी जितनी वेरिएशन रेडी है सभी वीडियो आप देख लोगे तो इसमें आपकी मास्टरी हंड्रेड परसेंट आ जाएगी हर एक मौके के अगेंस्ट मूव बाय मूव में आपको बताने वाला हूँ तो बहुत ही पेशेंट के साथ हर एक वीडियो में नोट डाउन करके आप अपनी बुक बना सकते है एक पूरी बुक का नाम दे सकते है द स्कैंडियन डिफेंस इसमें बहुत सारे वेरिएशन है वन बाय वन मैं सारे बताऊंगा जिसमें पोर्टुगीज गैम्बेट आइसलैंड गैम्बेट इस तरह के अलग अलग नेम दिए हुए तो चलिए आज शुरू करते हैं स्कैंडियन डिफेंस पहला भाग द पोर्टुगीज गैम्बेट पोर्टुगीज दोस्तों बहुत ही अटैकिंग लाइन है मैं तो यही कहूंगा कि सीसीलियन बहुत सारे लोग खेलते हैं बहुत लोगों को पसंद है सीसीलियन C5 बहुत लोगों को पसंद है पर तो मैं क्यों मना कर रहा हूँ सीसी खेलने से क्योंकि इसमें वाइट को भी बहुत अटैक का चांस रहता है लाइक like, uh, F3 वेरिएशन होता है uh, F4 फोर को इन अटैक आता है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पैलेखाइन अटैक आता है बहुत सारे टाइप के अटैक्स इसमें सहन करने पड़ते हैं और सीसी में क्या होता है सिर्फ एक मुंह की मारामारी होती है अगर एक मुंह जो पीछे रह जाता है वो गेम लॉस हो जाता है तो उतना लेवल हमारा नहीं होता कि सुपर ग्रैंड मास्टर की तरह एक मूव हम पीछे रह जाए तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट है डिफेंस, जिसका नाम है चैप्टर इसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वेरिएशन है तो पहले मेन सिक्स मूव में, में बताना चाहूंगा पहला चैप्टर है उसका नाम है द बैंकर आप कुछ भी नाम रख लो अपने हिसाब से या फिर चैप्टर वन चैप्टर टू ऐसा कर दो ई हमें ब्लैक से खेलना है डी फाइव दोस्तों डिक्लाइन की लाइन भी है डिक्लाइन यानी व्हाइट पॉन नहीं मारता है तो ई फाइव करता है तो डिक्लाइन हो जाता है व्हाइट पॉन कैप्चर नहीं करता है तो नाइट सी थ्री करता है सेकंड मूव में तो डिक्लाइन हो जाता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो में मैं डिक्लाइन के लिए भी बनाने वाला हूँ तो पहले हम एक्सेप्टेडीनेवियर यहाँ पे व्हाइट मोस्टली पॉन टेक्स फॉर्न करता है तो पहला सेकेंड मूव है ई टेक्स डी यहाँ पे हमें मॉडर्न वेरिएशन खेलना है ना कि क्विंटेक्स डी फाइव क्विंटेक्स डी फाइव ओल्ड वेरिएशन है मॉडर्न वेरिएशन में नाइट एफ आफ्टर नाइट एफ सिक्स यहाँ पे वाइट के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है जैसे कि नाइट एफ थ्री डी फोर सी फोर आइसलैंड गेमबिट नाइट सी थ्री तो सभी वेरिएशन के बारे में हम वीडियो बनाने वाले है तो सबसे पहले डी देखते है डी अगेंस्ट हमें खेलना है पोर्टुगीज गेमबिट तो पोर्टुगीज गैम्बेट के लिए आपको पहला मूव बिशफ जी फोर करना है डी फोर अगेंस्ट तो मूव नंबर थ्री आपका होगा बिशअ जी फोर ये तीन मूव आपको एकदम आंख बंद करके याद रह जाएंगे ई फोर डी फाइव ई टेक्स डी फाइव नाइट एफ सिक्स देन डी फोर और बिशअ जी फोर अब यहां हम देखेंगे अलग अलग तरीके से वाइट खेलेगा नाइट एफ थ्री खेलेगा बिशअ ई और लेगा एफ थ्री ज्यादा कॉमन मूव है एफ थ्री इसलिए पहले मैं आपको एफ थ्री वाला वेरिएशन बताना चाहूंगा इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन वाले मूव्स हैं। इसमें आपको खेलना है F5. फिर C4, यहां खेलना है ई सिक्स एफ थ्री सी फोर ई सिक्स उसके बाद आता है डी टेक्स ई मूव नंबर सिक्स डी सिक्स और आपका हो जाएगा knight सी सिक्स तो ये सिक्स मूव आप नोट डाउन कर लीजिए ये पोजिशन बोर्ड के ऊपर सेट कर लीजिए और इसी पोजिशन से आगे में बताने वाला हूं इसमें साइड लाइन है दोस्तों में दो साइड लाइन है जो व्हाइट के लिए अच्छी नहीं है तो दो साइड लाइन कौन सी है कि जब आप ई e सिक्स करते हो यहाँ पे ब्लैक से हम फिफ्थ मूव में ई e सिक्स करते हैं सिक्स मूव में अगर व्हाइट ने गलती कर दी यानी कि जी फोर बिशप पे अटैक किया तो यह उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है यानी ब्लंडर है क्लियर ब्लंडर है। अब क्या होने वाला है देखाता हूं मैं आपको नाइट कैप्चर जी फोर अब देखो दोस्तों आफ्टर यहां आएगा क्यू एच फोर चेक अब यहां पर व्हाइट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है किंग ई और किंग डी टू किंग डी में आपको अपना जो सेक्रीफाइस किया हुआ पीस वापस मिलने वाला है वो बिशअ ई से. आफ्टर बिशअ ई फोर रूक ट्रैप हो रहा है तो फोर्स मूव है नाइट एफ उसके बाद क्वीन एफ टू चेक अब देखो क्वीन इंटर किया तो क्वीन टेक्स नाइट और आपका पीस वापस मिल रहा है और अगर उसने बिशअ इंटरपोर्स किया तो बिशअ टेक्स नाइट और आपका पीठ से किया हुआ वापस भी मिल रहा है और वाइट का पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया और बहुत ही अटैकिंग में ब्लैक यहाँ से खेलेगा अब देखते हैं दूसरा वेरिएशन जिसमें किंग ई टू जाता है तो आप बहुत ही जल्दी जीत जाओगे ईडी फाइव नाइट एफ सिक्स टैंक डी फोर बिशफ जी फोर c4 e6 ई यहां मैंने दिखाया कि साइड लाइन साइड लाइन यानी डी टेक्स ई के बजाय g4 फोर ये ब्लैंडर आपको नोट डाउन करना है यहाँ पे नाइट सेक्रीफाइस तुरंत आ रहा है अब अगर उसने पॉन टेक्स नाइट लिया है तो आपको क्वीन एस फोर देना है पहले हमने देखा कि किंग d2 टू ये गलत है पर किंग e2 उससे भी बड़ा बड़ी मिस्टेक है यहां आपको उसकी वाइट की क्वीन मिल जाएगी और वो भी फोर्स मिल रही है जैसे कि बिशअप जी फोर चैक्स क्यूअर आप सोचोगे कि नाइट इंटरपोल होगा पर नाइट इंटरपोल से कुछ फायदा नहीं है बिशअप टेक्स नाइट चेक किंग टेक्स एफ थ्री और क्वीन एच फाइव चेक देन किंग एफ टू और आपको क्वीन मिल रही है तो दोस्तों ये ट्रैप आपको बहुत पसंद आएगी बहुत बार में खेल चुका हूं ये गेम अब हम देखते हैं मेन लाइन में मेन लाइन में सिक्स मूव आपको कर देने हैं पहले फिर अलग अलग आप अपने बुक में ऐसे कॉलम बना सकते हो वेरिएशन वन वेरिएशन टू आफ्टर सिक्स मूव आफ्टर सिक्स मूव वेरिएशन वन वेरिएशन टू वेरिएशन थ्री ऐसे तो देखते हैं पहले हम सिक्स मूव कर देंगे बोर्ड पे टी फोर डी नाइट एफ d4 फोर देन g4 f3 फोर f5 थ्री बिशअप c4 e6 एंड सी फोर ई सिक्स और नाइट सी सिक्स ये हो गए हमारे छह कंप्लीट है आप सोचोगे क्वेश्चन भी करोगे की यहाँ पे सर ऑलरेडी ब्लैक दो पॉन डाउन हो चुका है तो ये गेम कैसे जीत सकता है ब्लैक पर कॉम्प्यूटर में ये पोजिशन आप डालोगे तो ब्लैक को प्लस बताएगा एनालाइज पोजिशन में आप डालोगे इंजन में तो वो ब्लैक को यहां से प्लस बताएगा वैसे है पॉइंट की दृष्टि से माइनस लेकिन पोजिशन बहुत ही अटैकिंग पोजिशन है अब यहां से सारे मुर्स आएंगे यहां पे हम देखेंगे दो वेरिएशन एक तो है ई क्रॉस एफ सेवन चेक दूसरा है डी फोर कौन बचाने के लिए बिशअप ई थ्री सपोर्ट बाय बिश तो पहले हम देखेंगे ई एफ सेवन चेक दोस्तों ई एफ सेवन चेक हा इसमें भी मैं आपको साइड लाइन बताना चाहूंगा आप नोट कर सकते हो यही पोजीशन में आप पूछ सकते हो कि डी फाइव क्यों नहीं तो अगर डी फाइव आता है तो यहां से 16 मुंह तक का मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा नाइट बी फोर अब दोस्तों सारे मुंह से कैसे फोर्स है नाइट सी टू फोर की थ्रेट है तो नाइट सी टू से बचने के लिए नाइट ए थ्री हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है वाइट के पास नाइट ए में आप खेलोगे बिशअ सी फाइव बिशफ डी टू आपके नाइट को डिस्टर्ब करने के लिए और अपना विशअप डेवलप करने के लिए खेल सकता है विष्णु यह है d2 में यहां पे आपको कर देना है कैशलिंग qb3 अब आपके नाइट के ऊपर डबल थ्रेट आ गई विशअ फोर क्वीन की सिंपल ए फाइव करके उसे सपोर्ट कर दो बिशी टू लगेगा कि व्हाइट ऑलरेडी दो पॉइंट अप है और व्हाइट का धीरे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं है अभी भी, भी व्हाइट के सारे पीसेस सो रहे हैं ब्लैक के पीसेस एक्टिव है क्यों यहां पर ए क्रॉस ई सिक्स डी क्रॉस ई सिक्स और रुक ई एट यह सरप्राइज मूव है कई लोगों को ये मानने की बहुत जल्दी होती है लेकिन कोई जरूरत नहीं है वो कौन कहीं भी जाने वाला नहीं है सिंपल अटैक बढ़ा के उसे मारो डेवलप करके मारो आर जी फोर बिशपे अटैक सिंपल बिशप जी सिक्स कुछ नहीं होगा आफ्टर बिशप टेक्स बी फोर कौन बी फोर यहां पर हम बिशप से ले सकते हैं लेकिन मुझे ज्यादा बेटर यह मूव लग रहा है एटेक्स बी फोर नाइट पे अटैक के साथ में टेम्पो के साथ में नाइट सी टू रू क्रॉस ई e सिक्स किंग एफ वन अब किंग एफ वन जरूरी मूव हो जाएगा अब क्यों जरूरी हो जाएगा किंग एफ वन अगर नहीं खेला तो नेक्स्ट मूव में हमारी थ्रेट है बिशअप इन टू नाइट रूप टेक्स बिशअपिश डी थ्री सिंपल आपको बिशअ वापस मिल जाएगा तो किंग एप वन अपना पीस सेव करने के लिए खेलेगा और यहाँ पे क्वीन डी टू विथ डबल अटैक और यहाँ पे ब्लैक विन हो जाएगा जो अपनी पीस यहाँ से वापस मिल रहा है बिशअप टेक्स नाइट बिशअेक्स नाइट और क्वीन टेक्स डी टू टू बहुत सारे थ्रेड है यहाँ पे दोस्तों तो ये हो गई साइड लाइन अब हम e f सेवन वाली मेन लाइन देख रहे हैं E4, D5, e फोर डी फाइव ई टेक्स डी फाइव नाइट एफ सिक्स डी फोर बीस एफ थ्री बीस एफ फाइव सी फोर ई सिक्स डी टेक्स ई सिक्स नाइट c सिक्स e क्रॉस f सेवन इससे पहले हमने देखा तुरंत d फाइव तो e क्रॉस f सेवन में King Cross F7 ये ज्यादा बेटर हो जाएगा ब्लैक के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि कैसलिंग भले ही ब्रेक हो गया लेकिन ब्लैक को इसमें कैशलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल कैशल आपको मैं बता देता हूँ कैसे हो जाएगा अभी तुरंत हो जाएगा क्योंकि व्हाइट को ये सारे रिप्लाई देने बाकी है अभी ये पोजिशन में आप देख सकते हो कि ब्लैक के सारे पीसीस एक्टिव हो चुके हैं जबकि व्हाइट के सभी पीसीस फर्स्ट रैंक पे पड़े है अभी तक नंबर हो गए सेवन लेकिन वाइट का कोई भी माइनर या मेजर पे इस बाहर नहीं आया इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ब्लैक को मिलता है तो ई एफ सेवन देन किंग एफ सेवन उसके बाद यहां से मैं आपको तीन लाइन बताऊंगा फर्स्ट वाइट को बिशअप ई थ्री से सपोर्ट करना है दूसरा जो है फॉर्न एडवांस करके नाइट पे अटैक करना है और तीसरा नाइट ई ये ज्यादा इतना कॉमन नहीं है तीनों वेरिएशन हम देख लेंगे d5 अगर किया व्हाइट ने अब आपको यहां से तीन भाग पर हैं. कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री आफ्टर सेवन मू डी फाइव तो नाइट b4. फोर की थ्रेट नाइट ए थ्री फोर्स मुख दिश सी फाइव बी सी फाइव आर ए एट चैक की थ्रेट तो यहाँ पे व्हाइट खेलेगा बी सब ई टू यहां पर रूप ई किंग एफ वन यहाँ फिर से किंग एफ क्यों किंग एफ आप जानते हो दोस्तों किंग एफ नहीं खेला तो मैं बिशअप से नाइट मारूंगा और उसके बाद बिशअप डी थी और हमें ये पीस मिल जाएगा तो किंग एफ फोर्स मूव है आफ्टर किंग एफ नाइट एच फाइव अगर वाइट ने यहाँ पे जी फोर खेला तो ये ब्लैंडर मूव है यहाँ पे आप कर दोगे रूक सेक्रीफाइस रूक इंटू टू ब्रिलियंट मूव आपने सोचा भी नहीं होगा कि जैसा भी हो सकता है स्कैंडिनेवियन में बहुत मजा आएगा आपको ये पूरी पोल्टी देखने में आफ्टर क्वीन टेक्स ई बिशप डी थ्री और ब्लैक विंस द क्वीन तो क्वींटेक्स ई नहीं पॉसिबल नाइट टेक्स टू नाइट से अगर रुक मारा तो नेक्स्ट मूवमेंट क्वीन एच फोर और अनस्टॉपेबल चैकमेंट हो रही है यहां पर जैसे अगर क्वीन वन किया तो क्वीन एच चेकमेट है तो ये भी पॉसिबल नहीं है अगर नाइट से उसने रुक को नहीं मारा है तो तीसरा ऑप्शन है किंग टेक्स किसू में भी आगी आगी क्वीन H4. आपके दो पड़े हैं बहुत सारे आपने सेक्रीफाइस भी दिया है तो फिर भी आप गेम आसान से क्यों जीत रहे हो यही खासियत है पोर्टुगीज में दोस्तों तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरी वेरिएशन आफ्टर भी सब d5, फाइव knight f6, d4, bishop g4, f3, bishop f5, c4, e6, एफ थ्री बिशअ एफ फाइव सी फोर ई सिक्स डी टिक्स नाइट सी सिक्स ई एफ सेवन किंग क्रॉस एफ सेवन और यहां पर चेंजिंग आएगा वेरिएशन नंबर टू बिशअ ई थ्री आफ्टर बिशअप्री बिशअ बिफोर चैक देफ टू R8 एट यहां पर ए, ए थ्री ये पकड़ लेना ये गलत मूव है क्यों गलत मूव है बताता हूं मैं आपको R क्रॉस ई थे यहां भी रुक सेक्रीफाइस आ रहा है पोर्टुगीज इसीलिए मुझे पसंद है बहुत सारे मूव में बहुत सारे सेक्रीफाइस वाली लाइन है रुक क्रॉस इथी इसमें अगर किंग क्रॉस ई किया तो बिशप सिपाई इसके बाद कंटिन्यू ब्लैक के हाथ में गेम है बिशअ से के बाद ब्लैक आसानी से गेम जीतेगा उसके बाद कैसे जीत सकता है किंग टेक्स ई के बजाय अगर उसने आपके बिशअप को ही मार दिया जैसे कि आपने रुक क्रॉस पीस मारा है उसने आपके बिशअप को मार दिया तो फिर यहां पे रुक डी थ्री बहुत ही शॉकिंग आपका रूक डी थ्री बिशअ टेक्स डी चैक और फिर ब्लैक तक विंड तो दोस्तों ये थी पोर्टुगीज गैम्पिट में आ, पहला जो वेरिएशन है वेरिएशन एक और दो नेक्स्ट वेरिएशन में आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में